हे hey नमस्कार आप लोगों का क्लासेस के प्यारे से YouTube पर स्वागत है आज लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा दस की विज्ञान की और आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध से संबंधित परिभाषाएं तो आज हम इन दोनों टॉपिकों का अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों यदि आपने पीछा वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा उस वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें किया है और अच्छी चीजें की जानकारी ली गई बच्चों बच्चों तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट स्टार्ट कर लेते करने से पहले यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो इस वीडियो को जबरदस्त उन दोस्तों के पास सभी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास जबरदस्त शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज की हेडिंग देखकर आपको जरूर लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में विद्युत प्रतिरोध क्या होता है ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों अब विद्युत प्रतिरोध होता क्या है जैसे कि अगर किसी सिल के द्वारा बैटरी के द्वारा कहीं भी मतलब अगर ये करंट प्रवाहित हो रहा है ये करंट प्रवाहित हो रहा है समझिए जरा साहब करंट प्रवाहित हो रहा है इसे हम आई से व्यक्त कर देते हैं ठीक अब इस आई के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना है आई के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है प्यारे बच्चों आर जिसे हम कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। अब आप समझो प्लेन रोड पे जा रही कोई बाइक या कोई वाहन अब इस वाहन को रोकने के लिए आ, सड़क के ऊपर से सड़क के ऊपर क्या बना दिया जाता है और बना दिया जाता। जब ये कार चलते हुए यहां तक पहुंचेगी तो इसके स्पीड इस में इसकी चाल में कुछ न कुछ कमी आएगी तब इस अवरोधक को पार करेगा हमेशा के लिए ये अवरोधक इसको नहीं रोक देता उसी प्रकार प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों कि धारा को हमेशा के नहीं रोकता परंतु तो धारा के मा स्पीड में धारा की चाल में कमी कर देता है तो हम कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है यानी जो धारा को रोकता है वो प्रतिरोध कहलाता है प्यारे बच्चों धारा को रोकना ही प्रतिरोध कहलाता है तो धारा को हम लोग नहीं रोक सकते परंतु किसी पदार्थों द्वारा धारा को हम लोग रोक सकते हैं जैसे तार को मोड़ दिया जाए तो धारा की के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है इसे हम किससे व्यक्त करते, है? करते।, किस करते, करते हैं आर से व्यक्त करते हैं किससे व्यक्त करते प्यार बच्चों आर से व्यक्त करते हैं अगर हम बात करें जरा सा और कुछ बातों की तो जो प्रतिरोध होता है ना प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध होता है ना उसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है सबसे बड़ा मात्रक सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो मेगा ओम होता है क्या होता है प्यारे बच्चों मेगा ओम अब आप कहेंगे सर जी ओम तो बताया नहीं ओम क्या है? अरे भाई ओम तो प्रतिरोध का मात्रक है प्रतिरोध का क्या है मात्रक है ध्यान देना ओम प्रतिरोध का मात्रक है और मेगा ओम सबसे बड़ा मात्रक है अगर हम बात कर ले सबसे छोटे मात्रक की भैया किसकी बात कर रहे हैं सबसे छोटे मात्रक की तो सबसे छोटा मात्रक होता है माइक्रो ओम कौन सा होता है बच्चों माइक्रो ओम सबसे छोटा मात्रक माइक्रो ओम सबसे बड़ा मात्रक मेगा ओम अब अगर हम बात करें एक मेगा ओम बराबर कितना ओम होता है एक मेगा ओम बराबर दस ओम, ओम बराबर कितना होता है दस ओम इस बात को आप समझे समझ पाएंगे इस बात को ध्यान से देखिएगा हमने कहा से शुरुआत किया कि भाई धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है मेगा ओम होता है एक मेगा ओम बराबर कितना होता है दस प्रतिरोध का सबसे छोटका मात्रक कौन होता है माइक्रो ओम एक माइक्रो ओम बराबर दस घाते माइनस छओम प्रतिरोध का सिंबल क्या है प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं आर से व्यक्त करते हैं अगर हम बात कर ले ये, कौन सी राशि है कौन सी राशि प्यारे बच्चों अधिस राशि है क्यों क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिवार की आवश्यकता होती है दिशा उशा की आवश्यकता नहीं होती तो हमने पढ़ाया हमने बचपन में आपको छोटे छोटे बचपन में आपको कई गुरुजी लोगों ने पढ़ाया होगा कि भैया जिनको हम परिवार के साथ दिशा की जरूरत नहीं होती वो अधिस राशिया होती है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों तो आइए इन सारी कथाओं को हम एक तरह से नोट कर लेते हैं ठीक तो हमने जितनी चीजें अभी इतनी देर तक समझा था उतनी सारी चीजें हमने लिखकर आपको दिखा दिया है ठीक आइए एक बार लिख कर समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है भैया धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है अर्थात कोई धारा फ्लो कर रही है किसी भी चालक में धारा बह रही है अगर उसके मार्ग में हम रुकावट उत्पन्न कर देते हैं अब वो क्या कहलाता प्रतिरोध कहलाता विशेष बात ये होती है ये चालक के गुण का गुण होता है ये चालक का क्या होता गुण होता? कि चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के मार्ग में हम रुकावट उत्पन्न कर दे उसे प्रतिरोध करते हैं अब प्रतिरोध का जो सिंबल होता है जब हम किसी भी परिपथ में प्रतिरोध बनाना चाहेंगे प्रतिरोध दिखाना चाहेंगे तो ये प्रतिरोध का सिंबल ये होता है अब उसी में एक और आ जाता है प्रतिरोद। परिवर्ती प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जिनको इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं जिनको इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं वो परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है परिवर्ती प्रतिरोध में इस प्रकार होता है इसे हम धारा नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं अब अगला पॉइंट क्या करते हैं प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं आर से व्यक्त करते किससे व्यक्त करते हैं आर से कैप्टन आर से प्रतिरोध को व्यक्त किया जाता है ठीक आगे। यह कौन सी है? कौन सी सी है है बच्चों अगला इसका जो मात्रक होता है ये ओम होते हैं भैया ध्यान दीजिएगा ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रतिरोध का खोज किया था ओम अब उनके नाम पे इसका मात्रक पड़ गया ओम यानी इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है अब ओम का अगर आपको सिंबल चाहिए आप न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान देना है ओम का सिंबल इस प्रकार बनता है ठीक Northeast, तो ओम का सिंबल हो गया अब आगे क्या होता है प्रतिरोध का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो मेगा ओम होता है ध्यान से प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक मेगा ओम होता है और सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो माइक्रो ओम होता है ध्यान से देखिए प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा मेगाओम सबसे छोटा मात्र कौन सा है माइक्रो ओम है अब एक मेगा ओम बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों दस घातेम और एक माइक्रो ओम बराबर होता है दस घाते माइनस छ हो इतनी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों अब यदि हम क्या बात करें कि यदि किसी तार में यदि किसी तार में आई धारा प्रवाहित करते हैं आई धारा प्रवाहित करते हैं और उस तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो भी हो यानी ये कोई प्यारे बच्चों हमने वायर ले लिया वायर का एक सिरा ए और दूसरा सिरा बी इसमें आई धारा प्रवाहित कर दिए और तो अर्थात सिरो के बीच लगाया गया वोल्टेज और प्रवाहित धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है क्या कह रहा है यदि किसी तार में प्रवाहित धारा आई हो तो सिरो के बीच जो विभाग तो जो प्रतिरोध होगा R equal to V से एक परिभाषा और दे सकते हैं प्यार बच्चों कि किसी भी परिपथ में, कि कि में फ्लो होने वाली करेंट और लगाए गए वोल्टेज के रेशियो को हम क्या कहते हैं रजिस्टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई और चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं यहां से अगर इसका मात्रक निकाला जाता है तो V विभव है विभव का मात्रक बोल्ट होता है और I जो है धारा धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो यहां से हम बता सकते हैं कि बोल्ट प्रति क्या होता है एम्पियर होता है यानी एक ये बोल्ट प्रति क्या हो गया एम्पियर हम कह सकते बच्चों की जो बोल्ट प्रति एम्पियर है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं ओम कहते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं ओम कहते हैं अब बात आती है कि एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं इसी से जुड़ी हुई हेड़ी है कि एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं तो ये पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं यहां पर थोड़ा सा ठीक तो अब पॉइंट यहां पर ये यह है कि एक ओम की बात किसकी बात है एक ओम प्रतिरोध की ठीक अब अगर हम एक ओम प्रतिरोध की बात क्लियर करना चाहे यहाँ पर तो बहुत आराम से बहुत प्यारे अच, अच्छे तरीके से हम लोग एक ओम प्रतिरोध यहाँ क्लियर कर सकते हैं वो क्या है यहां आपने बेंजर देखा आर इक्वल I इक्वल टू एक हो यदि I equal to क्या हो प्यारे बच्चों एक एम्पियर हो और V इक्वल टू एक बोल्ट हो ठीक अब अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहे ऐसे समझिए ये कोई वायर ले लियो भैया ए और बी और इनके जो बीच का बोल्ट है इनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना एक बोल्ट है कितना है एक बोल्ट है और जो बहने वाली धारा है आई वो एक एम्पियर है कितना है प्यारे ध्यान से देखिए यदि तार में प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो और तारों के बीच तारों के बीच लगाया गया विभवान्तर एक बोल्ट हो तो उस समय जो प्रतिरोध होगा वो एक ओम के क्या होता है बराबर होता है यानी हम कह सकते हैं कि यदि तार में प्रवाहित धारा तार में प्रवाहित धारा क्या बच्चों प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो एक एम्पियर हो तथा विभवांतर एक बोल्ट हो तथा विभवांतर एक बोल्ट हो, हो तो प्रतिरोध एक ओम के बराबर होगा तो प्रतिरोध एक ओम या एक बोल्ट प्रति भी कर सकते वो एक ओम के बराबर होगा ठीक इस प्रकार के बच्चों आप विद्युत प्रतिरोध का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फिर उसको हम मूव करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे प्रतिरोध से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि आपके एग्जाम के दृष्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो गाइस हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध से संबंधित परिभाषाएं ठीक अब इनमें आपको कभी कभी एग्जाम में एक एक नंबर के प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं बच्चों किसे इनमें से सबसे पहला आता है प्रतिरोधक सबसे पहला आता है प्रतिरोधक ठीक इनमें से सबसे पहली टॉपिक आती है प्रतिरोधक ठीक अब प्रतिरोधक किसे कहते हैं आपको पता है जैसे मैंने कहा कि किसी तार में करंट प्रवाहित हो रही है एक तार ये ले लिए दूसरा तार ये ले लिए इसमें भी करंट प्रवाहित हो रहा है इसमें भी करंट प्रवाहित हो रहा है और इसमें भी करंट प्रवाहित हो रहा तो है ठीक अब इसके इसमें हमने अमीटर जोड़ दिया इसमें हमने गैलनोमीटर जोड़ दिया हमने इसमें वोल्ट जोड़ दिया जोड़ा तो अब यह क्या करेगा अमीटर इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा कुछ ना कुछ तो रुकावट उत्पन्न करेगा गैलनोमीटर इसकी रुकावट उत्पन्न करेगा बोल्ड मीटर इसके अंदर रुकावट उत्पन्न करेगा साथ में हमने तार को मोड़ दिया तार को क्या कर दिया मोड़ दिया ठीक है बच्चों तो बताओ धारा के मार्ग में आप रुकावट उत्पन्न कर रहे हो चारों प्रकरण में इसमें भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किए है इसमें भी इसमें भी इसमें भी परंतु आप उत्पन्न किसके कारण कर रहे हो किसी पदार्थ द्वारा तो धारा के मार्ग में जिस पदार्थ के कारण या जिस पदार्थ के द्वारा रुकावट उत्पन्न किया जाता है वह पदार्थ ही कहलाता है, है? प्रतिरोधक कहलाता है जैसे यहां प्रतिरोधक का काम का का कौन कर रहा है अमीटर कर रहा है यहां कौन कर रहा है गैलिनोमीटर कर रहा है यहां कौन कर रहा है वोल्ट कर रहा है यहाँ कौन तार को जो आपने मोड़ दिया है ठीक वो कर रहा है तो भैया हम कह सकते हैं प्रतिरोधक क्या होता है वह पदार्थ जिनके कारण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया जाए वो प्रतिरोधक कहलाते हैं उम्मीद है कि आप प्रतिरोधक की हो हो प्रतिरोधक की की क्लियर हो गई होगी। आपको परिभाषा स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या समझ में आया है या बोली गई परिभाषा आपको लिखना तो आप वो भी परिभाषा लिख सकते हैं पहले बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है नेक्स्ट टॉपिक आती है परिवर्ती प्रतिरोध क्या आता है परिवर्ती प्रतिरोध अभी पिछले वाले में परिवर्ती की चर्चा हुई थी, थी हाँ और जान लेते हैं परिवर्ती क्या होता है, अब परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है कि अब आइए थोड़ा सा इसके लिए हम भी एक छोटा सा डाइग्राम बना के समझने का प्रयास करते हैं परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है तो परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है कि जैसे आपने एक बैटरी लगा दिया ठीक और एक परिपथ में आपने धारा को फ्लो कराना स्टार्ट किया और ठीक और इसमें आपने एक बल्ब लगा दिए और फिर उसके बाद ये कर दिए और थोड़ा सा फिर उसके बाद आपने ये बना दिए ऐसे ना इसकी ये परिवर्ती प्रतिरोध होगा अब आप सोचो कि परिवर्ती प्रतिरोध करता क्या है कैसे परिभाषा देंगे भाईस... परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है वो यहां पर दिखाई पड़ पर, ये परिवर्ती प्रतिरोध है अब आखिर हम इसे परिवर्ती प्रतिरोध कैसे कहेंगे तो जैसे बैटरी का वोल्टेज कितना है पांच वोल्टेज ठीक अब हम अगर इस बैटरी के द्वारा इस बैटरी के द्वारा बिना वोल्टेज को बदले हुए इस बैटरी के द्वारा जो बैटरी पांच वोल्टेज करंट दे रही है हम भैया इसको न बदले और तब भी धारा के मार्ग में परिवर्तन कर दे तो यही से प्रतिरोध क्या कहलाते हैं परिवर्तित प्रतिरोध कहलाते यानी आप समझो कि जैसे इसमें पांच वोल्टे ये जो पांच वोल्टेज की बैटरी है अगर ये दो एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है दो एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है अगर इसको बिना परिवर्तित किए यहां मतलब यहां से बिन, बिना कम किए बिना ज्यादा किए मतलब बैटरी से छड़खानी करना ही है भैया मतलब आप कह सकते हैं कि हम कह दें कि इसको बिना बदले इसको बिना बदले अगर धारा के मान को बढ़ाया जाए धारा के मान को घटाया जा सके तो वो प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है इसे हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं धारा नियंत्रक भी कहते हैं अर्थात बिना स्रोत को बदले जिस स्रोत से आप करंट ले रहे हो उसको बिना बढ़ाए बिना घटाए जिस स्रोत से आप करंट ले रहे हैं प्यारे बच्चों इनको बिना बदले अगर धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं इसे धारा नियंत्रक के भी नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों इसकी भी परिभाषा आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई पड़ा होगा आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं अब थर्ड की बात करेंगे थर्ड हमारा आता है चालक क्या होता है प्यारे बच्चों चालक इसको हम सुचालक भी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं चालक की बात करें या सुचालक की बात करें तो चालक क्या होता है सुचालक क्या होता है देखिए, वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह एक सिरे से ए सिरे से बी सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो जाए वो चालक कहलाते हैं चालक के अंतर्गत प्यारे बच्चों आपके क्या आ जाते हैं लोहे का आ जाता लोहा आ जाता है जस्ता आ जाता प्यारे बच्चों बहुत सारे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता सुगमतापूर्वक होता है वो हमारे चालक या सुचालक कहलाते इसकी भी परिभाषा आपको स्क्रीन पे पर दिखाई पड़ रही होगी चौथा है आपका कुचालक क्या है कुचालक या हम इसे कहते हैं अचालक क्या कहते हैं प्यारे बच्चों आचालक कहते हैं ठीक अब ध्यान से देखिएगा कुचालक या अचालक किसे कहते हैं अब हम कुचालक और अचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता मतलब धारा ये जो धारा आई है ये इस सिरे से इस सिरे तक नहीं जा पाएगा प्यारे बच्चों यानी हम कह सकते जैसे लकड़ी हो गई जैसे प्लास्टिक हो गया जैसे कागज हो गया पैर बच्चों इनमें धारा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अचालक कहते हैं यानी वे सभी पदार्थ जिनमें चालक का प्रवाह नहीं, हो नहीं होता जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता वो अचालक कहलाते हैं ठीक जैसे लकड़ी मेज कुर्सी केबल कागज प्लास्टिक और फिर अगला होता है पैर बच्चो क्या होता है अर्ध अब अर्ध क्या होता है अब बच्चों अर्धचालक अर्धचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता परंतु अगर अर्ध ताप बढ़ा दें ताप क्या कर दे बढ़ा दें तो धारा का प्रवाह होने लगता है वो अर्धचालक कहलाते जैसे कि ये आपने कोई पदार्थ ले लिया जैसे सिलिकॉन ले लिए क्या ले लिए सिलिकान ले लिए ठीक अब इसमें धारा का जो प्रवाह होगा वो नहीं होगा ये आई होगा।, आई होगा, धारा का प्रवाह होगा ही नहीं परंतु जैसे ही प्रवाह तो होने लगता है धारा क्या हो जाएगा पहने लगेगा ते ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं ऐसे में सिल्कान जर्मेनियन ये सब आपके क्या है अर्ध चालक होते हैं तो हम कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता परंतु ताप बढ़ाने पे धारा का प्रवाह होने लगता है वो अर्धचालक हैं। सभी के परिभाषा आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे थे आप वहां से नोट कर सकते है। उम्मीद है आपको समझने में बहुत ही आसान लगा होगा और बहुत ही आसान है भी प्यारे बच्चों और इसी से रिलेटेड आपकी कुछ और टॉपिक है प्यारे बच्चों वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों जैसे कि वो टॉपिक हमारी क्या है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक विशिष्ट प्रतिरोध और साथ में ओम के नियम ये तीनों टॉपिक आपको शनिवार की क्लास में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों आप उम्मीद है कि आप वो भी क्लास नहीं मिस करेंगे और यदि आप आज की वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू ऑल डेयर स्टूडेंट